मोहब्बत एक ऐसा नशा जिसके होने के एहसास से ही अपनी खूबसूरती और दुनिया की खूबसूरती का एहसास होने लगता है अगर महब्बत के बदले मोहब्बत मिले तो उस ताकत का भी अंदाज़ा होता है जो उसके साथ होने से सारी दुनिया से लड़ने की ताकत दे देता है कितने किस्मत वालों को मिलती है ये मोहब्बत है ना चलिए सुनते हैं मोहब्बत पर एक ऐसी कहानी को जिसका नाम है मोहब्बत से दौलत मिलती है दौलत से मोहब्बत नहीं कहानी है सोनिया की सोनिया इस पर कॉलेज के सारे लड़के फिदा थे लेकिन सोनिया को आज तक ऐसा नहीं मिला था जिस पर वो फिदा हो सके और आखिरकार कॉलेज में एंट्री होती है रोना की रोना जिसे पहली नजर में देखते ही सोनिया को लगता है आ ये मेरा लाइफ पार्टनर बनने के लिए परफेक्ट है जिसे देखते ही पहली नजर में सोनिया को लगता है की उसे भी इश्क वाला लव आखिरकार हो ही गया और वो रौनक को पहली नज़र में अपना दिल दे बैठती है इसके बाद वो रौनक से रौनक के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ती। हर वो नामुमकिन कोशिश करती जिससे रौनक उसके पास आ जाए और आखिरकार बारिश की वो शाम दोनों को एक दूसरे के बेहद करीब लाती है इसके बाद दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और उन दोनों को हो जाती है एक दूसरे से मोहब्बत इस मोहब्बत की खूबसूरती दोनों को हो ही नहीं होती है कि आखिरकार इन दोनों की मोहब्बत में आता है एक तूफ़ान और ये तूफ़ान होता है स्टेटस का जी हाँ रौनक और सोनिया के बीच की बढ़ रही नस्तीकियों को देखते हुए सोनिया की दोस्तें सोनिया को समझाती हैं सोनिया तो जिस लड़के के पीछे पड़ी है वो तेरे स्टेटस से बिल्कुल मैच नहीं करता कहां तू और कहां रौनक ये बात सोनिया को समझ नहीं आती और वो उस पर हंसने लगती है इसके बाद वो रौनक के लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजिंग लाने लगती है लेकिन कहीं ना कहीं उसे लग रहा होता है कि सचमुच स्टेटस तो कहीं से भी रौनक का मेरे स्टेटस से तो मैच नहीं करता इसके बाद उसे ये बात कटने लगती है और उस समझ आता है कि सच में रौनक उसके स्टेटस के मुकाबले उसके मुकाबले बिल्कुल कम है उसे रौनक का साथ छोड़ देना चाहिए और चंद स्टेटस और तो पैसों की वजह से वो रौनक का साथ छोड़ देती है लेकिन रौनक से उसे मोहब्बत तो हुई रहती है जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर कुड़ रही होती है उसे लग रहा होता है कि वो अपने साथ गलत तो कर रही है लेकिन क्यों उसे ये भी नहीं पता था इसके बाद सोनिया खुद को घर में कैद कर लेती है कॉलेज नहीं जाती सब कुछ खत्म कर देना चाहती है वो से दुनिया बढ़ा लेती है लेकिन खुद को संभाल नहीं पाती लेकिन उसे पता था कि अब रौनक के साथ वो नहीं रहना चाहती इसी बीच सोनिया की तबीयत खराब हो जाती है उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है हॉस्पिटल जाते उसकी मुलाकात डॉक्टर वरुण से होती है उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट डॉक्टर वरुण से मिलते उसे लगता है की हाँ यही मेरी लाइफ पार्टनर के लिए परफेक्ट है सोनिया जब से रौनक से दूर हुई रहती है वो हर किसी में अपने लाइफ पार्टनर ढूंढती है और डॉक्टर वरुण से मिलने के बाद उसे लगता है कि वो उसके लाइफ के लिए परफेक्ट है फिर क्या वो सोचती है कि वो डॉक्टर वरुण को पटा लेगी क्योंकि कॉलेज में तो वैसे भी सारे लड़के उसके ऊपर पदा ही थे फिर क्या वो डॉक्टर वरुण को पढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती और आखिरकार टाइम निकाल कर उसने डॉक्टर वरुण को प्रपोज कर दिया उसे लगा था कि उसे भी जवाब हाँ में मिलेगा लेकिन जैसे ही उसने डॉक्टर वरुण को प्रपोज़ किया डॉक्टर वरुण ने जो बताया सोनिया की आंखें खुल गई डॉक्टर वरु ने कहा मुझे तुम्हारा प्रपोजल बेहद पसंद आया सोनिया लेकिन मैं शादीशुदा हूँ हाँ मेरी शादी अभी जल्दी हुई है देखने से लगता नहीं है लेकिन हाँ मैं शादीशुदा हूँ लेकिन मैं दुआ करूँगा कि तुम्हें बेहद मोहब्बत करने वाला एक अच्छा इंसान मिले लेकिन वो मैं नहीं सोनिया बहुत नसीब से मिलती है मोहब्बत मैं दुआ करूँगा कि तुम्हें भी ऐसी खूबसूरत मोहब्बत मिले मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करता हूँ लेकिन मैं वो सही इंसान नहीं डॉक्टर वरुण सोनिया के सर पर हाथ रखते मुस्कुराते वहाँ से चले जाते हैं लेकिन सोनिया पर एक छाप छूट जाती है उसे समझ में आता है कि किसी की मोहब्बत को ठुकराने का क्या नतीजा होता है उसने हर वक्त रोना की मोहब्बत को ठुकराया और आज जब उसकी मोहब्बत को ठुकराया गया तो उसे यकीन विश्वास हुआ कि वो अब तक कितना गलत कर रही थी खुद के साथ खुद के साथ उस खूबसूरत एहसास को खुद से दूर कर रही थी और उसे समझ में आया कि दौलत से कभी मोहब्बत नहीं खरीदी जाती ये तो नसीब से मिलती है जो उसे मिली थी और आखिरकार समझ में आ गया कि वो अपने साथ कितना गलत कर रही थी समय रहते उसकी आँखें खुल गई इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा तब तक ले धन्यवाद शुक्रिया बबा